हेलो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लाइट मूड करने के बावजूद भी आप नेट यूज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई ये फ्लाइट मूड करने के बावजूद भी यहाँ पे नेट चलता है तो उसके लिए करना कुछ नहीं है दोस्तों ये मोबाइल के फीचर्स है जो हेडन फीचर्स है तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ ये फ्लैट मोड पे मोबाइल का हम फ्लाइट मूड कर देते हैं फ्लैट मोड करने के बाद फिर हम सेटिंग पे आते हैं ये सेटिंग पे हम आ जाते हैं सेटिंग पे फिर जाने के बाद हम अबाउट फोन पे जाएंगे अबाउट फोन पे आते के साथ ही हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑल स्पेस ऑल स्पेस में जाने के बाद सबसे नीचे आइए और देखिए इंटरनल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज में जाइए यहाँ पे अब देखते हैं फोन इन्फॉर्मेशन वन यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद हमें देखना है मोबाइल रेशियो पावर मोबाइल का रेशियो पावर हमारे यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे इसको हम ऑन कर देंगे ऑन करते के साथ ही हमारा नेट ऑन हो जाएगा मतलब हमारा जो हमारा जो नेटवर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वह ऑन हो जाएगा और ये काम करने लगेगा उसके बाद हम बाइक पर आते हैं बैक आने के बाद हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं ये ट्रांसलेट देख लेते हैं ट्रांसलेट पे आने को देखिए हमारा नेट चलना शुरू हो गया है उसके बाद हम कहीं भी अब जा सकते हैं जैसे हम यहाँ पे आते हैं देखिए हमारा ये नेट चलना शुरू हो गया अब किसी का कॉल भी नहीं आएगा कोई डिस्टर्ब नहीं हो सकता हम कंटिन्यू या तो मूवी देख सकते हैं या फिर नेट सर्फिंग कर सकते हैं तो इस तरह से ये काम करता है तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे